आज जनपद जौनपुर में 36 केंद्रों पे 70,000 से ऊपर के परीक्षार्थी वन रक्षा की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें तीन लोग पकड़े गए हैं तीन अभ्यर्थी पकड़े गए हैं तीनों जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं जिसमें कि दो लड़के हैं एक महिला है तीनों थाना क्षेत्र कोतवाली और लाल बाजार से अलग अलग सेंटरों से पकड़े गए हैं इन तीनों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राप्त हुई है इनके खिलाफ अवश्य भी दी की जा रही है